जैन जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में किसी भी आवेश के परिवेश में हुआ क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर विद्युत बल का अनुभव करता है तो उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र तो चलिए देखते हैं मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर है Q1, या Q1 आवेश है लेकिन अगर इसके आस कहीं कोई दूसरा आवेश आ गया क्यू और इन दोनों के बीच में कोई विद्युत बल का अनुभव होता है तो इसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र क्यू और क्यू के बीच में होने वाले विद्युत बल के अनुभव को ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र और मान लीजिए इसी तरह यहाँ पर आ गया यहाँ पर आ गया यहाँ पर आ गया यहाँ पर आ गया यानी कि इसी पूरी तरह यानी कि एक गोला हो गया यदि इस गोले में गोले यदि इस गोले की रेखा और इस इस आवेश के बीच में कोई द्युत बल का अनुभव होता है तो उसे ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र लेकिन अगर कोई आवेश यहाँ है और इससे और इससे भी अनुभव हो रहा है तो भी हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र तो कहने का सीधी सीधी मतलब है किसी भी आवेश में स्थित हुआ क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर विद्युत बल का अनुभव करता है तो उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र एकदम स्वटरेखा है अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में देखने के लिए <iscechi> जैसा कि हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं वास्तव में कोई रेखाएं होती नहीं है वो कल्पना करते हैं कि एक ऐसी रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है तो उसे ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाए विद्युत क्षेत्र कि रेखा की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है विद्युत क्षेत्र रेखा मान लीजिए कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा के कोई बिंदु होते हैं छोटे छोटे मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पर बिंदु है इस तरह तो यह रेखा इस तरफ इस इसको प्रदर्शित करती है तो वही बात कहा गया विद्युत क्षेत्र रेखा के कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की तरफ प्रभावित होती है जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक आवेश धनावेश इससे हमेशा विद्युत क्षेत्र निकलती रहेंगी और ये अनंत तक जाएंगी जहां पर निगेटिव होगा वहीं वहां तक जाएंगे, जाएंगे। यानी कि अनंत तक जाएंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की तरफ प्रभावित होती है यानी कि धनावेश यह यहाँ से निकलकर प्रभावित होती रहेंगी हमेशा अनंत तक यहाँ पर देखिए धनावेश के लिए यह आवेश से आरम्भ होकर अनंत तक जाती है वही तो बात मैंने अभी तीसरे में बताया है यह आवेश धनावेश से निकलकर आरंभ से अनंत तक जाती है इनका कोई पता नहीं होता कि कहां तक जाती हैं तथा केवल ऋणावेश हेतु से आरंभ होकर ऋणावेश तक आती है यहाँ पर आरंभ से अनंत तक, तक जाती है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो माइनस होता है रेडावेश अनंत से भी आरम्भ आरम्भ अनंत से आरंभ की तरफ आती है हमेशा एक दूर दराज से भी आरंभ तक आ जाएगी लेकिन धनावेश आरंभ से हमेशा अनंत की ओर ही जाएगा तो इसे ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र फिर से देख लीजिए वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर रेडावेश की तरफ प्रवाहित होती है धनावेश की गई आवेश से आरंभ होकर अनंत तक जाती है तथा तो केवल रेडावेश आरंभ होकर रेडावेश तक आती है जो मैंने अभी बताया कि अनंत से भी आरंभ की तरफ आएंगे रेडावेश है और पॉजिटिव है यानी कि धनावेश तो आरंभ से अनंत तक जाएंगी और इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश निकलकर रीडावेश की तरफ जाती है बात सत्य है कोई पॉजिटिव हमेशा निगेटिव की तरफ ही आकर्षित होता है निगेटिव कोई अपनी तरफ खींचता है तो चलिए ये हमारा खत्म हो गया अब अगला टॉपिक देखते हैं